जब भी बाजी लगाइए दिल और दिमाग में ये जरूर सोचिए कि बात पैसों की है या रिश्तों की नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक शॉप में आपका फिर से स्वागत है अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इमोशनलेस हो जाएं। अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने रिश्तों को छोड़ दें अमीर बनने का ये मतलब नहीं होता है कि चौबीस घंटे आप सिर्फ फायदा उठाने की बात सोचें अमीरी तो एक सोच है रॉबर्ट टिक्योसा बहुत ही खूबसूरत अपना एक इंसिडेंट शेयर करते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे उन्होंने बहुत मेहनत करके पाए पाए जोड़ के एक घर बनाया था जिसे वो हमेशा ये कहते थे कि ये मेरी संपत्ति है रॉबर्ट टिका की जब अपने रिच डैड के संगत में आए तब उन्होंने जाना कि संपत्ति और दायित्व में डिफ्रेंस क्या है एसट्स और लाइबल्टीज में क्या है और तब हमेशा अपने डैड को बोलते डैड ये जो आपने लिया है ये आपका एसट्स नहीं ये आपकी लाइबलिटी है और इस बात पर दोनों घंटों बहस किया करते थे और लाइबलिटी और एसट्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो उन्हें वही सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि एसेट्स वो होता है जो हमें काम देता है जिस पर आपको और खर्च नहीं करना होता और लाइबलिटीज़ वो है जिसमें पचहत्तर तरह के खर्च होते हैं हर महीने हर हफ्ते हर दिन कुछ न कुछ आपकी जेब से जा ही रहा होता है आगे रॉबर्ट टिक्योसाकी कहते हैं कि जब भी लोग उनसे बात बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं है तो वो जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये बात अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से कह रहे हैं क्योंकि किसी के लिए भी अपना घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है और इसी वो उसमें पैसे लगाते हैं अपने घर का मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी महसूस नहीं होता है पर दिल और दिमाग के बीच लाइबिलटीज़ और एसेट्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रॉबर्टी क्योसाकी एक और बात कहते हैं वो इस तरह से समझाते हैं कि मान लीजिए वो और उनकी पत्नी एक बड़ा सा घर खरीदते हैं तो होगा क्या कि उसमें उनकी बहुत सारी पैसे खर्च हो जाएंगे जो कि शायद फिजूल ही हूँ माना कि इस बात से लोग सहमत नहीं होंगे एग्री नहीं होंगे क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज़ है इमोशन है इमोशन हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है जब भी लोग दिल से सोचते हैं तो दिमाग की बातें उन्हें गलत लगती हैं। पर फिर रॉबर्ट टिक्योसा आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो सही कैसे हैं और एक घर एसट्स क्यों नहीं है वो कहते हैं कि जब घर की बात आती है तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं ज़्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वो लेते हैं उस पर उनके पास फिर से तीस साल का नया कर्ज आ जाता है हालांकि लोगों को मॉडस पेमेंट के ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है पर वो अपने दीकर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपयों का उपयोग करते हैं अपनी मोडिजेस पूरी तरह से चुकाने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स बहुत बढ़ गया था उनकी मम्मी डैडी को ये बात सुनकर बहुत धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स 1000 डॉलर प्रतिमाह तक पहुंच गया था और ये तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे एक डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है अगर हम उसको इंडियन करेंसी में चेक करें तो सात सत्तर या अस्सी हजार रुपए शायद उससे भी ज्यादा और ये तब हुआ था जब वो रिटायर हुए थे इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट जो है वो बिगड़ गया था और उन्हें अपना वो मकान छोड़ना पड़ा अच्छा एक और मिथ है कि घर की कीमत जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है ऐसा नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने कर्ज लेके घर खरीदा और वो घर जितने में खरीदा आज उसकी कीमत आज आधे से भी कम है इन सब नुकसानों से ऊपर सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है आपका लिक्विड कैश वो लिक्विड जो कि सही जगह पर लग सकती है ताकि आपका खर्चा चलता रहे इस दौरान आपके संपत्ति वाले कालम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती मतलब आप कोई एसेट्स नहीं बना पाते अगर एक यंग पति पत्नी यंग कपल्स शुरुआत में अपना पैसा अपनी एसेट्स वाले कालम में लगाएं तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे खासकर उस समय जब वो बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे इस दौरान अपनी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे तो अगर कम शब्दों में समझें तो ये कि घर खरीदने का फैसला जो है ना वो बहुत ही खर्चीला होता है इसके बजाय बेहतर यही होगा की जल्दी ही इन्वेस्टमेंट प्रोटोफोलियो बना लिया जाए देखिए घर खरीदने का असर किसी भी आदमी पर तीन तरह से पड़ता है पहला समय की बर्बादी क्योंकि इस पूरे दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य मिल चुका होता है एक्स्ट्रा पूंजी की बर्बादी एक्स्ट्रा पैसों की बर्बादी जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था कि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े खर्च उठाने पड़ते हैं तीसरा शिक्षा की बर्बादी अक्सर ऐसा होता है की हम मानते हैं की उनके जो एसर्ट वाले कालम में संपत्ति वाले कालम में उनका घर बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं अब क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का अनुभव उन्हें कभी मिल ही नहीं पाता ज्यादातर लोग कभी भी एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते पर सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अक्सर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर को बेचे जाते हैं जो बाद में उन्हें ज्यादा दामों पर सुरक्षित रहने वाले लोगों को बेचते हैं उन लोगों को बेचते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते तो रॉबर्ट कियोसाकी के जो पुअर डैड थे बहुत ही पढ़े लिखे थे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का उदाहरण है नौकरी की जिंदगी भर पाई पाई इकट्ठा की घर खरीदा और घर का खर्च चलाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहे उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे। और रॉबर्टिका कियोसाकी यहाँ पर अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके खर्चे कभी भी आपकी आमदनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ